अब हम फोर्थ प्रॉब्लम पर जा सकते हैं जहां हम देखते हैं दिया हुआ टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड और H इज इक्वल टू टू है तो हमारे पास यहां P और एन था यहां हमारे पास T और H है फिर से शेष पद्धति समान है यहां हमारे पास P था अब T है तो मैं टेबल नंबर वन में देखूंगा और Hf और Hg की वैल्यू प्राप्त करूंगा और दिए हुए एच की वैल्यू और परिणाम के साथ तुलना करें तो हमने अब बहुत सी बातें चीज़ें समझी हैं अभी एच और एच की वैल्यू प्राप्त करके उसकी तुलना एच की वैल्यू पर टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है क्या हम टेबल नंबर वन देख सकते हैं पर उससे पहले हम गणना पर आते हैं तो सवाल नंबर चार टी इज इक्वल टू वन डिग्री सेंटीग्रेड एच इज इक्वल टू टू एट टू किलो जूल प्रति किलोग्राम हमें पता है कि टेम्परेचर T क्रिटिकल से कम है इसलिए हम निश्चित रूप से सुपर क्रिटिकल क्षेत्र में नहीं हैं ऐसा हम टेबल नंबर एक में देख सकते हैं और टी इजिक्वल टू वन डिग्री सेंटीग्रेड पर Hf और Hg की वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम टेबल नंबर एक पर जाते हैं और T इजिकल टू वन डिग्री सेंटीग्रेड ढूंढते हैं और HF और Hg की वैल्यूज़ का पता लगाते हैं इसलिए यह टेबल एक सेचुरेशन लाइन बेस टेम्परेचर है हम T इजल टू वन डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हैं तो हम यहाँ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर देख सकते हैं और यह टेबल नंबर एक है और तद अनुसार और एच जी की वैल्यूज़ की स्थिति का पता लगाते हैं जो 719.08 और 7267.9 है ठीक है तो यह एच वैल्यू है और यह एच वैल्यू है आइए एच से इन दिए हुए वैल्यूज़ की तुलना की कोशिश करें हम पुनः गणनाओं पर आते हैं तो हमारे पास टी इजिकल टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एच एफ इजल टू 719.08 वन नाइन किलोजूल प्रति केजी और एच जी इजिकल टू 2767.9 प्रति केजी जी किलोजूल है और दी हुई एच वैल्यू 2.821.5 है जो कि एच से ज्यादा है इसका अर्थ क्या है एच कुछ नहीं लेकिन सैचुरेटेड वेपर लाइन है और आप उससे आगे हो इसका अर्थ है यह रीजन सुपरहीटेड रीजन है सुपरहीटेड वेपर क्षेत्र है ठीक है तो यह उत्तर है अब मैं इस उत्तर को अपनी टेबल में लिखता हूं तो चौथे प्रश्न पर आते हैं टी इज इक्वल टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड एच इज इक्वल टू टू और मेरा उत्तर सुपरहीटेड वेपर या सुपरहीटेड स्टीम है तो हम पांचवें प्रश्न पर आते हैं जहाँ पी इजिकल टू फाइव बार और V इजिकल टू जीरो पॉइंट जीरो प्रति किलोग्राम है इसलिए फिर से एक टेम्परेचर या एक प्रेशर अवस्था और अन्य एक V हमारे पास है तो हम फिर से क्या करेंगे हम टेबल दो में पी इजिकल टू फाइव बार के लिए Vf और Vg के वैल्यूज प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि यह V Vf और Vg की तुलना में कहाँ निहित है तो आइए इसे जल्दी जल्दी करें हम सीधे टेबल दो पर जाते हैं और वी के वैल्यू की तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि फाइव बार जीरो पॉइंट है इसलिए हम इस पॉइंट पर हैं हम इस पॉइंट से संबंधित वी की वैल्यू ढूंढते हैं तो यह हमारे वी और वी ठीक है वी 0.00109255 है जबकि वी 0.37481 है और आइए हम इस वी के वैल्यू की तुलना इन Vf और Vg से करें तो अभी फिर से गणना पर आते हैं तो P इज इक्वल टू फाइव आर और V इज इक्वल टू जीरो मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम तो जैसे कि हमने देखा कि P इज इक्वल टू फाइव आर या 0.5 MPa पर हमारे पास Vf और Vg, Vf एफ इक्वल टू जीरो थे और हमने देखा वी जी इजिक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सेवन फोर एट वन दोनों मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम में है और अब आप क्या देख सकते हैं यह v वी एफ से कम है ठीक है इस प्रकार v वी एफ से कम है और इसलिए यह जहां स्थित है यदि v वी एफ से कम है तो हम सब कुल्ड रीजन में है ठीक है हम गुम्बस के बाएं ओर हैं या एलवी रेखा के बाएं ओर, इसलिए हम सब कूल्ड रीजन में हैं मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे हम वापस टेबल में लिखते हैं तो हमारा आखिरी प्रश्न है पी इक्वल टू 5 बार और वी वी इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम तो हम कहते हैं कि हम सब कूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन में हैं ठीक है तो इस तरह से हमने एक दो तीन चार पाँच प्रश्नों को हल किया पहले दो प्रॉब्लम में हमें प्रेशर और टेम्परेचर दिए गए हैं टेबल एक या टेबल दो के आधार पर बहुत ही सरल है हम परिणाम पर पहुंच सकते हैं टेबल एक या टेबल दो का इस्तेमाल करें हम उसी परिणाम पर पहुंचेंगे। जबकि दूसरे तीनों प्रश्नों में हमारे पास या तो प्रेशर या तो टेम्परेचर है और एक और गुण दिया गया था तो दिए हुए वैल्यू की तुलना एस और एस से करते हुए हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम एल रेखा पर हैं या वेट रीजन यानी गुंबद के अंदर सुपर हीटेड रीजन यानी एस वैल्यू या एच वैल्यू के आगे या सब सबकुल्ड रीजन में यानी वी या एस या एच वैल्यू से कम इस तरह हम विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद